सी एस के आई पी में शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स का सामना चेन्नई सुपरकिंग्स के साथ था मुंबई के ब्रेडब्राउंड स्टेडियम में खेले गए मैच में राजस्थान ने चेन्नई को पाँच विकेट हरा दिया है और प्ले के लिए क्वालिफाई कर लिया है यह टीम दो के बाद पहली बार प्ले में पहुंची है चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मोई अली के तिरानवे रनों के दम पर एक रन बनाए थे राजस्थान के पाँच विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया राजस्थान के लिए युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने उनसठ रनों की पारी खेली लेकिन टीम को जीत की दिल्ली दहली पार कराई रविचंद्र अश्विन ने अश्विन ने नाबाद 40 रन बनाए राजस्थान की टीम नंबर दो पर रहकर प्ले में पहुँची है और इस स्थिति में उसके फाइनल में पहुँचने के बाद दो मार्क मिलेंगे पहले क्वालीफाई में वह नंबर वन टीम गुजरात टाइटेंस से भिड़ेगी इस मैच में अगर उ, उसे हार मिलती है तो वो एलिमिनेटर टू माइनस टू से खेलेगी तो इस प्रकार से कुछ हाईलाइट थी इस वाली मैच तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक चैनल को सब्सक्राइब करने तब तक के लबाइम मिलते हैं अगली वाली वीडियो